हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल पर जो हम आज देखते हैं आज का सोनी लिप ऐप पर क्वेश्चन फोर आज का सोनी लिप ऐप पर जो सवाल दिया गया है चौथा नंबर का यह सवाल है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है तो यह प्रश्न इस प्रकार से है कौन से दो सागर स्विच नहर से जुड़े हैं इसमें दिया गया है कौन से दो सागर स्वेच्छ नहर से जुड़े हुए हैं जो पहले नंबर पर दिए है कैप्सियन सागर और काला सागर दूसरे नंबर पर दिया है लाल सागर और भूमध्य सागर तीसरे नंबर पर दिए है एडियाटिक सागर और लाल सागर और चौथे नंबर पर दिया है उत्तर सागर और टायर टायरानी एन सागर दोस्तों एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं इनमें से कौन से दो सागर श्वेच्छ नहर से जुड़े होते हैं कैप्सियन सागर पहला ये काला सागर दूसरा में दिया है लाल सागर भूमध्य सागर तीसरा में एटियाटिक सागर या लाल सागर चौथे नंबर पे दिया है उत्तरी सागर या टायरानी एन सागर तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाल सागर और भूमध सागर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद